आप सबका स्वागत है आज हम बात करेंगे ऋषभ पंत जिन्होंने आज आज के मैच में फिर एक बहुत ही बढ़िया सेंचुरी बनाया मात्र तिरसठ गेंदों पर एक रन 15 चौके 7 बड़े छक्के लगाकर अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं